जय करा बाबा कालीगीर जी का बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो सच्चे दरबार की जे ओम जय बाबा देव हरे स्वामी जय जय बा देव हरे स्वामी जय जय कुल देव हरे मन में जोत जगा कर मन में जोत जगा कर तन को करो हीरा ओम जय जय बाबा देव हरे सरजू तट पर नगरी जिसमें जन्म लियो भगवान जिसमें जन्म लियो मेरे बाबा देव जिस जन्म लियो कश्मीर की धरती कश्मीर